फ्रेंड जी मैंने अपने घर पर बनाया अपने आप के लिए कैसा इतारी खाने की चीज से भी मेरे पास कुछ आते होंगे तो खा के लो खाने में बनाना क्या है भरस अरे मजा मैं बनएगा मैं निकाल नहीं अब अभी देखो अभी देखो बोलो मोरा मोरा से जी मोरा बोलो एक एक बोलो सुन पहले वाला घर चल ले बेटा कर रही करना ही नहीं बातें से एक नोर्थ लगा दी है जिससे ये खिंचलेगा नहीं और अब ये देखिए इसको हम नॉर्थ से पैक कर देंगे और ये मेरी बेटी के द्वारा बनाया हुआ बहुत ही प्यारा सा ठीक है ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और इसके इसको लेगा के साथ पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये